एकता की बहन जिसका नाम नताशा था वो उस आईने को देखती है और सोचती है कि वही आईना तो नहीं है जिसके बारे में कुछ साल पहले मुझे तांत्रिक ने उस काली पहाड़ी के बारे में बताया था एकता की बहन नताशा सोच रही थी कि अगर ये वही काली पहाड़ी का आईना है तो एकता के पास कहाँ से आया और कैसे आया उसके मन में ये सब ख्याल चल रहे थे तभी उसकी माँ ने बोला कि मुझे बहुत डर लग रहा है एकता के बारे में सोचकर कि वो कहाँ होगी कैसी होगी तो नताशा बोलती है कि माँ आप एकता की फिर छोड़ दो हम सब मिलकर उसको किसी भी तरीके से ढूंढ लेंगे आप एक काम करो अपने कमरे में जा आराम करो और इस बैग इस आईने को अपने साथ में लेकर ले जाओ और ये किसी की नज़रों में न पड़ ले पाए नताशा की बात सुनकर उसकी माँ कमरे में सोने चली जाती है और नताशा इंटरनेट पर एकता के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ देर बाद नताशा की माँ के कमरे से आवाज़ आती है और नताशा जाकर देखती है तो वहाँ माँ गायब थी और कोई नहीं था